किसी गांव में एक संत आए उनकी ख्याति सुनकर गांव का एक वृद्ध किसान उनसे मिलने पहुंचा। उसने अपने कुछ कष्ट बताए और मुक्ति की राह पूछी संत बोले तुम वृद्ध हो गए हो चलो मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर ले चलता हूँ ऐसा करने से तुम कष्टों से पुनर्तः मुक्त हो जाओगे किसान को अपने परिवार ऐसी मोह था वह बोला महाराज जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा संत ने हामी भर दी कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान बोला जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लू फिर मैं आपके साथ चलूंगा संत ने हामी भर दी कुछ वर्षों के बाद फिर संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है संत ने योग बल से जान लिया कि वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है मृत्यु तक रिश्तों के मुंह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है संत ने योगबल से कुत्ते को उसके पूर्व जन्म को याद दिलाई तो वह बोला मेरे परपोते, परपोतियां अभी नादान हैं। आजकल जमाना खराब है मुझे उनकी रखवाली करनी है वो थोड़े समझदार हो जाए फिर आपके साथ चलूँगा संत हंस बोले अब नहीं आऊँगा क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे सार ये है कि संसारी जीव कभी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता इंसान पूरा जीवनकाल अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाता है लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तब भी वो रिश्तों के मोह में बंधा रहता है इंसान को चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में तो रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता पके